हेलो एवरीवन जैसे कि पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग आगे का वीडियो कंप्लीट करते जा रहे हैं जैसे स्त्री केसर से आ गए उसके अंदर भूं आ गए भूं को पढ़ लिए उसके अंदर भू कोस को उसको पढ़ लिए हैं ऐसा ही करते करते एकदम डीपली अंडा तक पढ़ लिए हैं अंडा में कितना हिस्सा होता है उसमें कितनी कोशिकाएँ है होती हैं उस सब चीज़ को पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था प्ले लिस्ट।, प्ले लिस्ट जो है इसका आई बटन में दे देंगे या फिर प्ले लिस्ट वीडियो के अंतिम में जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं सेकंड चैप्टर का एक प्ले लिस्ट बना हुआ फर्स्ट चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक को हम लोग देखेते हैं आज का टॉपिक है प्राग, प्राग, प्राग, प्रागन, प्रागन क्या होता है मतलब पोलिनेशन कैसे होता है तब पोलिनेशन करने का बहुत सारे तरीका होते हैं जैसे कि एक तरीका से एकदम एग्जाम्पल एक आसानी से बता देते हैं जैसे कि कोई भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें देखिए इस तरीका से बहुत सारा उसमें छोटे छोटे होते हैं क्या छोटे छोटे उसके बाल होते हैं उसी में क्या होता है प्राग कर्ण क्या होता है फंस जाता है और वह प्रागकरण फंस के जाके दूसरे प्लांट और या फिर उसी प्लांट के स्त्री केसर पे जाके बैठता है तो उसी से पोलिनेशन होता है मतलब पोलिनेशन प्रागकरण हो जाता है उसी को हम कहते हैं प्रागकरण ये जैसे कि प्रागकोष के प्राग्यण वहां से बिछड़ के किसी भी थ्रू स्त्री के सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है प्रागकरण कहलाता है जैसे एग्जांपल यहां पे हम बनाते हैं जैसे कि यह प्लांट बनाए एक और प्लांट बना देते हैं जैसे ये बना दिए अब इसी में ये हो गया क्या ये हो गया पुम केसर और इसमें भी होता है ये पुम केसर अब इसी के बीच में होता है क्या स्त्री केसर या अब इसके भी बीच में होगा क्या स्त्री केसर ये हो गया और ये हो गया स्त्री केसर तो ये प्रागण कैसे होगा तो इसको देख लेते हैं मान लीजिए ये सेम फ्लावर है एक कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आए और इस यहाँ पर बैठ गया यहाँ पर बैठने के बाद hmm. ये प्राग के अंदर जो छोटे छोटे प्राग होते हैं उसके बालों में फंस जाएगा उसी बालों में फंस जाएगा उसके बाद यहाँ से उड़ के वो इस पे बैठेगा और इस पे बैठ जाएगा तो इसका जो होता है ऊपरी हिंसा जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं वर्तिका वर्तिकाग्र कहते हैं इसपे जाकर बैठ जाएगा तो ये हो गया हमारा ण मतलब पोलिनेशन इस तरीका से हमारा पोलिनेशन हो जाता है या फिर मान लीजिए अब ये पोलिनेशन टू टाइप के होते हैं कैसे जो ये पराकरण होता है होता है टू टाइप का होता है दो तो प्रकार का होता है प्रकार का एक होता है सौ प्रागण एक होता है परपरागण पहला होता है सौ प्रागण दूसरा होता है परपरागण दूसरा हो जाएगा इसको देख लेते हैं ये हम लोग जान ले पोलिनेशन टू टाइप का होते हैं पोलिनेशन क्या होता है दो तरीका के होते हैं एक होता है सौ प्रागर एक होता है पर प्रागण सौ प्रागण उससे कहते हैं जो खुद ये इस पर कीड़ा कोई है और इसी फ्लावर्स के इसी वर्तिकांड तक जाकर पहुँच जाना है इसी फ्लावर्स का पुंकेसर और इसी का स्त्री केसर मतलब यहाँ से कौन यहाँ तक वर्तिकांड तक पहुँच जाना है को हम कहते हैं स्वर्परागर और मान लीजिए इसका हो गया इसका हो गया पुं केसर और किसी दूसरे फ्लावर का हो गया स्त्री केसर अब इस पे जाके बैठ जाना और ये हो गया हमारा परम्पराग्रहण पड़ आई होप कि आप समझ हो गए होंगे ये मान लीजिए तितली हो गई मधुमक्खी हो गई हम लोग जानते हैं पोलिनेशन का काम अस्सी परसेंट मधुमक्खी ही करती है जो बीस परसेंट होते हैं इधर उधर से हो जाते हैं जितने भी पेड़ पौधे फ्लावर्स के साथ परिवर्तन होते हैं वो अस्सी यही करता है ये मधुमक्खी ही करती है जो बीस परसेंट होते हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसके बाद तितली आती है दोनों मड़कों उसके बाद बहुत सारे कीटनाशक हो गए छोटे छोटे वो सब करते हैं जैसे कि हम लोग भी कर लेते हैं कभी कभी प्राक्रम जैसे बहुत सारा छोटे मोटे फूल होते हैं फूल होते हैं हम लोग हाथ सही से सहलाते जाते हैं तो सहराते जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है जो कुंभ का होता है यहाँ पे कर्ण यह आ जाता है स्त्री के समय तो यहाँ से पोलिनेशन हो गया इस तरीका से भी पोलिनेशन हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि हवा के द्वारा पोलिनेशन हो जाता है जैसे कि पोलिनेशन हर मान लीजिए गेहूं लगा दिए पूरा खेत में तो पूरे खेत में पोलिनेशन का प्राक्रण का काम तो नहीं कर पाएगा छोटा मोटा कीड़ा मतलब फ्लावर्स में कर देता है ऐसे मान लीजिए कि 50 पचास कट्ठा चाहे पचास बीघा गेहूँ लगा दिए तो गेहूँ के अंदर अगर हम लोग करना चाहें पोलिनेसन तो उतना कीड़े मकोड़े कहाँ से पोलिनेसन करेगा तो इस चीज़ का गेहूँ हो गया या फिर मक्का हो गया या फिर धान हो गया या फिर सरसों हो गया इस सब का पोलिनेशन का काम होता है हवा के द्वारा यही क्या होता है हवा के द्वारा एक दूसरे से हिलता है हिलने के बाद ये यहाँ तो आएगा ही बीच में एक है इतने सारा है इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है इसकी संख्या कम होता है तो यहाँ से कोई ना कोई यहाँ तक तो पहुंच जाएगा इस तरीका से इसका पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है जैसे कि यहाँ पे हम देख लीजिए पोलिनेशन क्या होता है इस तरीका से पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं सौर प्रागण और पर्परागण तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं सौर प्रागण क्या होता है सौर प्रागण में कितने हिस्से होते हैं और इससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है उसके तो बाद वाला टॉपिक रहेगा पढ़ प्रागण क्या होता है पढ़ तो प्रागण कैसे कैसे कर सकते हैं पर्प्रागण होने के बाद इससे क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है इस चीज़ को देखेंगे इसको स्क्रीन करो और ये जो पेज दिखाई दे रहा है उसको भी स्क्रीन करो तब तक हमें आगे बताते हैं आप सबको यहाँ पे प्रागण यानी पोलिनेशन के बारे में तो समझ गए यहाँ भी ये भी समझ गए पोलिनेशन टू टाइप के होते हैं कौन कौन सौ प्रागण और पर प्रागण तो यहाँ पे हम लोग देखते देखते सौ प्रागण सौ प्रागण उसे कहते हैं सौ प्रागण जो भी की सेम टू सेम फ्लावर्स मतलब ये अपना फ्लावर्स अपने ये प्रागण खुद के अपने फ्लावर्स पे अपने जाति के जो फ्लावर्स होते हैं उस पे ये परेशन करता है उसी को हम कहते हैं सो प्रागण मतलब अपने फ्लावर्स अपने जाति के फ्लावर्स पे पोलिनेशन होता है उसी को कहते हैं सौ प्रागण ये भी दो टाइप के होते हैं कैसे कैसे दो होते हैं तो ये देख लेते हैं सौ युगमन एक होता है सौ युगमन तो सौ युग्मन को कैसे समझेंगे सौ युगमन प्राकरण उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए एक फ्लावर्स है उसी एक फ्लावर्स में बहुत सारे इसमें पुंकेसर होते हैं पुंगकेशर प्रा के अंदर प्राकरण होते हैं इसी फ्लावर्स के पराकरण उसी फ्लावर्स के, के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पोलिनेशन होता है उसी फ्लावर के प्राकरण उसी फ्लावर्स के व्रतिकाग्र तक पहुँचने को हम कहते हैं स्वयुग्म प्रागण मतलब एक ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाता है उसी को कहते हैं सोलि प्राकण आ दूसरा होता है प्राकन। सजात पुष्पीय प्राकण सजात पुष्पीय प्राकरण उसे कहते हैं ये तो ऊपर वाला हो गया एक फ्लावर्स में और ये हो गया अपने जाति के किसी भी फ्लावर्स में अपने में नहीं अपने जाति के किसी भी फ्लावर्स में मान लीजिए एक पौधा है एक पौधा में बहुत सारे फूल होते होंगे कोई दूसरा पेड़ का तो फूल होगा नहीं दूसरे पौधा का तो फूल होगा नहीं अपना ही फूल होगा तो अपना जो पेड़ होता है अपने जाति का जो होता है तो यहाँ का प्रागकरण अपने ही जाति का इस फ्लावर का नहीं दूसरे किसी फ्लावर्स पे वर्तिका तक पहुँचना वही हम कहते हैं सजात पुष्पीय प्राकरण ये सब प्रागण का दो टाइप का होते हैं एक होता है स्वयुग्म प्रागण एक होता है सजात पुष्पीय प्राकरण ये दोनों हम लोग समझ गए स्वयुग्म युग्मागण युग्मन होता है कि एक ही पौधा में पोलिनेशन एक ही फ्लावर्स में पोलिनेशन हो जाए आइए सजात पुष्पीय पराकरण उसे कहते हैं जो अपने जाति के किसी दूसरे फ्लावर्स में पराकरण की क्रिया करे उसी को हम कहते हैं स्वप्रागकरण तो स्वप्रागरण अब समझ गए अब हम लोग देखते हैं इसका क्या लाभ और क्या हानि है इसमें और एक दो पॉइंट है जो कि यहाँ पे ये यह जो पेज दिखाई दे रहा है उससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे और इसका जो लाभ होता है स्व प्रागण क्या होता है इसमें प्रागकरण नुकसान नहीं होता सबसे पहला बात स्व प्रागण में का लाभ यही है इसका प्रागकरण नुकसान नहीं होता है वो कैसे नुकसान नहीं होता है मान लीजिए एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेसन हो जाता है तो इससे जो प्राकरण होते हैं वो तो नुकसान होने की क्षमता नहीं होती है यहाँ पे इसीलिए इसका ये एक और फायदा हो गया प्राकरण जो होता है वो नुकसान नहीं होता है यहीं से यहीं यहाँ पे पोलिनेसन हो जाता है एक ही फूल के अंदर जिससे ये पहला पॉइंट हो गया और जो दूसरा पॉइंट होता है अपने ये जाति को बरकरार रखता है अपने जाति को मान लीजिए कि दूसरे फ्लावर्स के साथ पोलिनेशन कर दिया तो उसका जाति तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसका लाभ यही है अपने जाति को बरकरार रखता है हमेशा और इससे कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है इससे ज़्यादा प्रागकरण की आवश्यकता नहीं होती है कम ही प्राकरण की आवश्यकता में अपना ये लाभ उठा सकता है और इसका अगला पॉइंट है और इसमें जो बेकार लक्षण होते हैं वो खुद पे खुद इससे नष्ट कर देता है ये क्या करता है अपने जाति के जो होते हैं और दूसरी जाति का कुछ इसमें अटैच हो जाते हैं तो ये क्या होता है उसको ये नष्ट कर देता है ये सारी इसमें लाभ हो गए प्रागण में जो सब प्रागण होते हैं ये सारी लाभ हो जाते हैं और इससे होने वाला हानि क्या है हानि तो इससे होने वाला हानि हम सबसे पहले समझ जाते हैं कि ये अपने आप को परिवर्तन किसी दूसरे चीज में कभी नहीं कर सकता मान लीजिए अपने में खुद पे खुद जो भी करेगा मेढक का कुआ उतने ही दूर के बारे में जानेगा बाहर के दुनिया के बारे में तो नहीं जानेगा वैसे ही इसका हानि हो गया कि अपने आप के बारे में जानेगा कुछ दूसरा चीज नहीं जान पाएगा मतलब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ पाएगा जितना है उतना ही है वाइट फूल होता है तो व्हाइट फूल हमेशा होगा उसके बाद वो चेंज नहीं होता हो सकता है ये हो गया हमारा नुकसान और इससे एक और नुकसान है जैसे मान लीजिए कि एक ही हर एक चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए अगर हर एक चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, तो धीरे धीरे बीक होने लगता है अगर आप ही को दाल चावल दाल चावल रोज़ दिया जाए दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल तब तो हो सकता है पाँच या छः दिन के बाद कहिए कि ना हमको अब नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे इसलिए कि रोज़ दाल चावल खाते, खाते खाते हमारा जो बॉडी टेम्परेचर एक दूसरे एक, मतलब पहचान लिया स्वाद को पहचान लिया कि रोज यही खाते खाते नहीं खा पाते हैं मतलब ये पहचान लेता है इसलिए रोज चिकन चावल दाल पुलाव ऐसा ही चेंज होते रहना चाहिए जिससे खाने में इंटरेस्ट आता है तो ये क्या करते हैं इसका हानि क्या होगा ये प्राकरण खुद पे खुद करता है जिसके चलते इसमें सेम टू सेम रहता है और इसका वीक होने लगता है जो प्राकरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते जाते वीक होने लगता है इसका ये एक और सबसे बड़ा नुकसान है पीढ़ी दर ये जो लाभ होता है खुद पे खुद यहीं पे यहीं पे कर लेता है तो इससे फ़ायदा हुआ कि जल्दी से जल्दी जल्दी यहाँ पे पोलिनेशन हो गया तो लाभ हो गया और बहुत सारे कण जो होते हैं ज़्यादा दूर मधुमक्खी उड़ के जाएगी तो बहुत सारा कण गिर जाएगा एकदम तो छोटा छोटा है तो गिरेगा जहर से बात है गिर जाएगा तो ये सारे हमारे लाभ हो गए और ये इसमें नुकसान क्या होगा खुद से खुद एक ही काम करता है एक ही चीज़ खाता है तो वो अपने आप में बिख होने लगेगा और ये जो होता है नुकसान अपना जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहता है तो धीरे धीरे जाके आगे जाके कमजोर होता है इस टाइप के सब इसमें सारे नुकसान होते हैं आई होप कि आपको सब परागण समझ में आया होगा अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पड़ प्रागण क्या होता है ठीक है साथ साथ आप लोग समझिए ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसको भी आप लोग लिखते चलिएगा स्क्रीन शॉट करते चलिएगा इसको तो स्क्रीन करिए इसको भी पेज में लिखिए इसको इसलिए कि शॉर्टकट में आप लोग सबको याद करने में आसानी होगा जैसे कि इतना बड़ा ये जो पेज दिखाई दे रहा है इतना सब कुछ लिखा हुआ है उसको आसानी से ये टॉपिक बाय टॉपिक देख के दीवार पर लगा देते हैं या फिर दो चार दिन बाद देखेंगे तो देखेंगे शौपरागल क्या होता है जिसे पोलिंग पोलिस्टेशन दो प्रकार का होता है इसमें कौन शौपरागल शौ दो प्रकार का होता है और इसमें क्या लाभ होता, होता है क्या हानि होता है लाभ तो अपने आप बता दीजिएगा हानि भी अपने आप बता दीजिएगा ऐसा ही करके शॉर्टकट में आप कोई पेज पर लिख के शॉर्टकट में लगा सकते हैं इसको भी स्क्रीनशॉट शॉट करिएगा और जो पेज दिखाई दे रहा है ये सब उसको भी स्क्रीनशॉट करके उसको लिख लीजिए कॉपी में आप सबको हेल्प मिलेगा एग्जाम में उस तरीका से लिखने के लिए लेकिन याद करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसा ही आप सबको करना है अगला हम लोग क्या टॉपिक था पढ़ प्रागण क्या होता है तब तो पर प्रागण हम लोग समझ लेते हैं पर प्रागण उससे कहते हैं जैसे कि अपना फ्लावर्स का जो प्रागकरण होता है किसी दूसरे जाति के फ्लावर्स पे जाके किसी दूसरे जाति के फ्लावर्स के वर्तिकाग्र तक पहुंचना तो ये पोलिनेशन के बाद ये प्रागकरण हो जाता है पोलिनेशन हो जाता है प्राग सौ प्रागण प्राग... ये हो जाता है परप्रागण हो जाता है तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है उस चीज़ पर यहाँ पर देखते हैं पहले सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं उसके बाद आगे बताते हैं अब यहाँ पर हम देख लेते हैं परतपरांगण क्या होता है जैसे कि सौ देख ली खुद के पौधों में अपना अथी पोलिनेशन करता है प्रांगण करता है उसे सौ प्रागण कहते हैं और पर्वपरागन उसे कहते हैं अपना पौधा छोड़कर किसी दूसरे पौधों पे जाकर प्रांगण करना को ही हम कहते हैं पर्व परांगण मान लीजिए कि अपना पौधा, पौधा गुलाब का और इधर पौधा है सूर्यमुखी का तो इसके साथ पोलिनेशन तो नहीं हो पाएगा गुलाब का जो पराकरण और सूर्यमुखी का जो वर्तिकाल तक पहुँचेगा तो क्या ये पोलिनेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा अपने जाति के ही पौधा होगा उसमें जाकर परि ऐि प्राकरण करेगा तब जाकर प्रजनन की क्रिया यहाँ पे होगा ऐसा नहीं हो पाएगा मान लीजिए कि बर्तन बंदर का स्पन्न बकरी में डाल देता होगा कभी बच्चा कभी नहीं हो पाएगा मनुष्य का स्पर्ध किसी जानवर में डालना होगा कभी बच्चा नहीं हो पाएगा मन परिवर्तन पर जनन की क्रिया है? नहीं हो पाएगा वैसे ही हम लोग सौ प्रागर में हम लोग पढ़े थे कि जैसे अपने में दो टाइप का होता है अपने फ्लावर्स में इसी के प्रति कागज तक पहुँचा नहीं फर्स्ट होता और सेकेंड होना था अपने इसी पौधों में दूसरा कोई फ्लावर्स है उसमें जाके पॉलिनेशन करता है तो दूसरा टाइप का होगा था सौ दो टाइप के वैसे ही ये पड़प्रागण को देखते हैं परपरागण सेम जाति का अलग अलग पौधा हो एक इस साइड हो और एक इस साइड हो सेम जाति का हो ये रोज है तो ये भी रोज है यहाँ से वर्तिकाग्र जो होता है और इसके ये जो प्रागर जो होता है और उसके वर्तिकाग्र तक जाके पहुंचेगा दोनों सेम रहेगा तब तब यहाँ पे पोलिनेशन की क्रिया हो जाएगा सफल हो जाएगा ये हो जाता है मतलब दूसरे पौधा में करने के लिए पर्परागण उसे हम कहते हैं, हैं ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसमें हर एक टॉपिक को लिखा हुआ है इस चीज को स्क्रीन टॉट कर लिए और यहाँ पर देखिए एक लिंगे क्या होता है अब इसके अंदर जाते हैं उस चीज को प्राक्रम की क्रिया पोलिनेशन की क्रिया तो समाप्त हो गया फिर उस पे एक बार चर्चा करेंगे अभी चर्चा कर लेते हैं पोलिनेशन कितने टाइप का होते हैं अब ये पोलिनेसन की विधि कितने होते है बहुत सारे विधियाँ होती हैं जैसे कि सबसे पहले देखते हैं वायु के द्वारा पोलिनेशन होता है पहले इसके पहले भी मैंने बता दिया था वायु के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है हर छोटे मोटे कीड़े हर एक फ्लावर पे जाके हर एक दाना पे जाके बैठ के प्रकरण की क्रिया तो नहीं कर पाएगा इसलिए वायु के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है बहुत सारा गेहूँ रहेगा गेहूँ एक दूसरे से हवा के साथ ये घूमते घूमते परिवर्तन पोलिनेशन कर लेगा वो ये ण कर लेता गेहूं हो गया चावल हो गया धान हो गया इस तरीका से हवा के द्वारा पोलिनेशन कर लेता है दूसरा कीट के द्वारा जैसे कि कीट के द्वारा इस एग्जाम्पल में इस फोटो में बहुत सारा फोटो भी दिखा दिए इसमें भी समझ में आ गया कीट का जो छोटा छोटा बाल होता है यहाँ पे एकदम जुमिंग करके दिखा देते हैं ये जो मधुमक्खी है मधुमक्खी के इतने सारे छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं बाल तो दिखाई दे रहा है इसी में कर्ण फंस जाता है और दूसरे वर्ती तक पहुंच जाता है तो ये पोलिनेशन हो जाता है छोटे मोटे कीट के द्वारा और इसमें भी बहुत सारे कीट में अस्सी परसेंट कीट वाला जितना पोलिनेशन होता है तो अस्सी परसेंट मधुमक्खी करती है अस्सी परसेंट मधुमक्खी करती है <coughs> उसके बाद आता है ये बटरफ्लाई तितली आती है उसके बाद आती है दो नंबर पे तितली तितली प्राकरण की क्रिया को पूरा करती है पोलिनेशन करती है उसके बाद जितने छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो शेष बजता है उसका पोलिनेशन की क्रिया कर पाते हैं तो आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया पोलिनेशन क्या होता है प्राकरण क्या होता है मतलब दो बार इसका नाम लेते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहे हैं पोलिनेशन प्राकरण मतलब तो बहुत सारा चीज़ होता है जिसको नॉर्मली लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में जानते हैं इसलिए सोचा कि जो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं इंग्लिश तो वो टॉपिक को यहाँ पे हिंदी के साथ इंग्लिश पे बोलते रहे किसी को इसके याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी तो ये क्रॉस पोलिनेशन समझ में आ गया अपने पौधों को छोड़ के अपने जाति के किसी दूसरे पौधों के वर्तिकाग्य तक पहुँचना ही क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं मतलब प्राकरण कहते हैं सौ अपर प्राकरण दोनों समझ में आ गया और इसी में हम लोग देखते हैं अब हाँ सॉरी अभी यहाँ पे हम बताया थे वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा और यहाँ पे होता है चमगादड़ के द्वारा चमगादड़ के द्वारा भी यहाँ पे पोलिनेशन की क्रिया होती है चमगादड़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा ऐसे पंख के द्वारा होता है उसमें भी कुछ फँस जाते हैं और वहाँ से वहाँ दूसरी जगह जाता है तो वहाँ से भी चमकादर द्वारा पोलिनेशन की क्रियाएँ हो जाती हैं अब अगला देख लेते हैं जल के द्वारा कैसे पोलिनेशन होता है तो इस चीज़ को हम लिखे नहीं है खाली समझा देते हैं आप लोग लिख सकते हो जो भी हम समझ आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा जो हम समझा रहे हैं लेकिन इसको आसानी से आप लोग लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में कोई परेशानी नहीं होगी लिखने के लिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है तो जल का जो ऊपरी हिसाब पे बहुत सारा लतर वगैरह फ्लावर्स वगैरह तैरते रहती है एक तो दूसरे से तैरते रहती है उसी में तो समझिए वही तैरने की क्रिया से उसका जो छोटा छोटा पराकरण होता है वो भी पानी के ऊपर तैरने लगता है वही चल जाता है बढ़ती काल तक पहुँच जाता है पानी के माध्यम से तो ये पानी के द्वारा पराकण की क्रिया हो गया आसानी से समझ में आ गया तब पानी के द्वारा भी पराकण की क्रिया होता है कैसे अभी समझ गए फिर से एक बार समझा देते हैं जैसे कि बहुत सारा कण होते हैं छोटे छोटे कर्ण होते हैं प्राग कर्ण प्रागोष के अंदर प्राग कर्ण ये वहाँ से पानी के फ्लो के माध्यम से वहाँ से निकल जाता है और कहीं जाते रहता है कितना तो नष्ट हो जाता है इधर उधर चला जाता है कितना सारा नष्ट हो जाता है लेकिन बहुत सारा सही जगह पर पहुँच जाता है जिसके कारण प्राकर्ण की क्रिया पूरा हो जाता है तो जल के द्वारा प्राक्रण की क्रिया पूरा होता है और देखते हैं पक्षियों के द्वारा तो पक्षियों के द्वारा भी प्राकर्ण की क्रिया होती है इसी विधि से जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना है उसमें भी छोटे छोटे बाल होते हैं पैर होते हैं या फिर कोई मान लीजिए इस पौधा पे कोई कीड़ा बैठा हुआ है उसको खाया तो उस कीड़ा में बहुत सारा कण लगा हुआ है वहाँ खाने के बाद फिर दूसरे पौधा पर जाके खाता है जैसे वर्तिकाग्र पर कोई कीड़ा बैठा हुआ है उसको जाके चिड़िया खाती है तो वहां से जो कण होता है यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हो जाता है थोड़ा बहुत पूरा नहीं नॉर्मली नहीं कर सकते मधुमक्खी अस्सी परसेंट करती है उस तरीका से नहीं मतलब इसको लिस्ट में रखा गया है पक्षी भी प्राकरण की क्रिया करती है तो इतने टाइप के पोलिनेशन होता है प्राकरण की क्रिया होती है कि आप सबको समझ में आया होगा अगर ऐसे ही आप सब वीडियो आप चाहते हैं पूरा सिलेबस का तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे और आगे सब दोस्तों में भेजते रहे जिसे हर एक टॉपिक को पढ़ने में आप सबको आसानी होगी बहुत सारे कोचिंग होते हैं जहाँ पे हर एक छोटे छोटे टॉपिक को नहीं पढ़ा पाते हैं नॉर्मली समझा के या फिर पढ़ा के लिखवा देते हैं यहाँ पे हम सब आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कोई परेशानी नहीं होगी और सिलेबस के थ्रू जितना भी टॉपिक है आपके बुक में हर एक टॉपिक को यहाँ पर समझा दे रहे हैं हो सकता है कि एक चैप्टर में दस वीडियो बारह वीडियो पंद्रह वीडियो हो जाए छोटा छोटा करके तो उससे घबराना नहीं है कि इतना बड़ा वीडियो हो गया एकदम अंतिम में क्या करेंगे सब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है क्या मतलब वीडियो है सबको मर्ज करके एक वीडियो में अपलोड कर देंगे एक और साइड अंतिम में कर देंगे इस तरीका से आई होप कि आप सब ये दोनों समझ में आ गया होगा इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक बचा हुआ है इसी के अंदर बीज अब या प्राकण हो गया वहाँ से बीज पनपता है बीज पनपता है तो बीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो बीज होता है उसके ऊपर फल होता है फल और बीज के बारे में दोनों पढ़ेंगे छोटा छोटा वीडियो होगा इसके बाद ये दोनों वीडियो होगा उसके बाद लास्ट वीडियो कंप्लीट हम इसका सॉल्यूशन कर दे देंगे जो एनसीईआरटी का जितना बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है सब चीज़ को यहाँ पे हम करवा देंगे जिससे किसी को परेशानी ना हो आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा जो आ गया तो जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ नीचे यहाँ पे लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको सब्सक्राइब करो और आगे दोस्तों में भी भेजिए भी ऐसा ही करते रहिए नेक्स्ट वीडियो हम कल आते रहेगा तो रेगुलर वीडियो आएगा जैसे परेशानी ना हो सबको पढ़ने के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तब के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय